तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इटे आउट में जैसे कि आप जानते हैं मैं डिजिटल एट्रॉनिक्स के आपको जैसे नंबर सिस्टम चैप्टर का कुछ पॉइंट्स आपको क्लियर करता चला रहा हूं जैसे आप लोगों ने कवर्जन पढ़ चुके हैं बाइनरी एडिशन बाइनरी सब्टन पढ़ चुके हैं आप फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट की आता है मतलब मैथड नहीं बता रहा हूँ मैं फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट टूज कॉम्प्लीमेंट बता रहा हूँ कैसे होगा इसके बाद मैथड भी आएगा आगे आएगा लेकिन तो आप देखते हैं कैसे मैं करूँगा फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट में क्या रहेगा जैसे कि आपको जैसे दिया रहेगा क्वेश्चन है जीरो है उसका वन कर देंगे और अगर वन रहेगा तो आप इसका जीरो कर देंगे बस आपको इतना जानना है कि जीरो का वन और वन का जीरो करते हैं ठीक कोई क्वेश्चन आपको दे दिया गया कहा कि वन कॉम्प्लीमेंट से इसको सॉल्व हो जाएगा कि क्वेश्चन मान लीजिए ले जाए वन, वन जीरो जीरो और वन और वन ज़ीरो दे दिएगा आप क्वेश्चन इसको कहा कि वंस कॉम्प्लीमेंट से सॉल्व करो वंस कॉम्प्लीमेंट से मेथड से इसको सॉल्व करो तो आपको कुछ करना नहीं है इसमें एकदम सिंपल लैंग्वेज में बस जो जीरो है उसको वन जितना भी संख्या दी गई है उसको इन्वर्जन कर दीजिए मतलब ज़ीरो को वन और वन को ज़ीरो ठीक तो आप इसको ऐसे कर देंगे मैं एकदम बेसिक लेवल से बता रहा हूँ आप लोग को ताकि कोई दिक्कत ना हो आप किसी बच्चे को समझने में तो ज़ीरो से वन वन को जीरो वन ज़ीरो ज़ीरो है तो वन ये जीरो जी ये भी one, और ये जीरो ये वन तो ये भी जीरो ये वन तो ये भी जीरो ठीक जी तो आपका क्या क्या? ये आपका क्या आ गया आपका वंस कॉम्प्लीमेंट आ गया इस जो नंबर आपको डिजिट दी हुई तो है ओपन जंबाइन नंबर से दिए हुए हैं आप इनका वंस कॉम्प्लीमेंट आपको मिल गया कैसे करना है ठीक तो अब इसके आगे मैं आपको बताऊंगा टू कॉम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है जैसे कि मैं आपको बता तो चुका हूँ कैसे क्या करना है इन्वर्जन करके फिर इसको जीरो को वन और वन को जीरो करता है उसी प्रकार से मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा चलिए लीजिए वन जीरो जीरो वन जीरो जीरो है ठीक इसको आपको वंस कॉम्प्लीमेंट करना है इसका वंस कॉम्प्लीमेंट करना है और इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर देना है ठीक तो फिर आगे मैं बढ़ता हूँ टॉपिक में टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे होता है तो, तो टूज कॉम्प्लीमेंट के इसमें क्या होता है कि जैसे कि आपको ये क्वेश्चन दिया गया था ठीक क्वेश्चन दिया गया था जैसे मान लीजिए को वो क्या जाएगा इसमें वन ऐड कर देंगे जो वंस कॉम्प्लीमेंट करेंगे नंबर का पहले वंस कॉम्प्लीमेंट करेंगे जो नंबर दिया रहेगा ठीक जैसे कि यही ऊपर वाला क्वेश्चन ले लीजिए जैसे ये क्वेश्चन जो दिया था यहाँ पे वन जीरो जीरो वन वन ज़ीरो आपको नंबर दिया हुआ है ठीक तो इसका पहले आप क्या करेंगे आप इसका पहले वंस कॉम्प्लीमेंट करेंगे वंस कॉम्प्लीमेंट करेंगे उसके बाद फिर क्या करेंगे जो वन कॉम्प्लीमेंट इसका है जैसे उसका वन कॉम्प्लीमेंट कितना था, 0011 आया था जीरो जीरो वन वन और जीरो जीरो वन आया था ठीक तो इसमें आपको वन ऐड करना रहेगा वन ऐड करेंगे ठीक तो वन ऐड करेंगे तो आपको जैसे बाइंड्री एडिशन रूल में आप लोगों को मैंने बताया था उसको आप लेक्चर जरूर देखेगा उसका वन प्लस वन कितना होगा जीरो वन होता है टू होता है वैसे डेसिमल में और इसको जो बाइंड्री में लिखेंगे आपको तो वन जीरो लिखेंगे तो ये जीरो आपका एडिशन में आ जाएगा मतलब तो सम आ जाएगा और वन इसका कैरी आ जाएगा तो वन कैरी चला जाएगा तो वन यहां पे आ जाएगा तो उसके बाद सेम संख्या ऐसे डिजिटा डिजिट आपको ऐसे उतार देनी है कि जो जो एड करने पर आपको मिल रहा है ठीक तो इसको ऐसे लिख देंगे तो सिंपल सा इसका लॉजिक क्या है टूज कॉम्प्लीमेंट करना रहेगा रहेगा तो तो जो जो जो डिजिट दी रहेगी नंबर पहले इसको कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट करेंगे फिर फिर उसमें ऐड कर देंगे फिर जो आपको आंसर आंसर मिलेगा वही आपका होगा इसी मैथड से जैसे मैं इसको आपका आंसर उसको देना है कमेंट सेक्शन में ठीक तो अगर कोई भी मतलब थोड़ा हो सकता है ईर हो गया कहीं कुछ गलती हो गई तो उसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर बस उसको सुधार कर आप लोग को बताऊंगा या कोई भी प्रॉब्लम आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो उसको वो क्वेश्चन भी आप मतलब भेजिएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा मैं उसका भी आंसर देने का प्रयास करूँगा थैंक फॉर वॉचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और लाइक से सब्सक्राइब करना आप लोग ना भूलें